काश तुम बेवफा होती काश कि तुम धोखेबाज होती काश तुम हर जायी ही होती तो कम से कम मैं तुम्हें यूं याद तो न करता हाँ शायद भूल ही जाता तुम्हें तुम्हें अपनी यादों से निष्कासित कर देता और कहता खबरदार जो तुम मेरी स्मृतियों में फिर से आई काश कि तुमने मुझसे मोहब्बत ना की होती या फिर काश मैंने तुमसे मोहब्बत ना की होती काश तुम गुजरती हुई राहों में अपनी रुमाल न गिराती और यूं पलटकर मुझे न देखती काश कि यह सब हुआ होता मेरे दोस्त मेरी महबूबा मैंने कोई सुखद पल तुम्हारे साथ न गुजारे होते काश कि मैंने तुम्हारे साथ किन्ही लम्हों को एक साथ न जिया होता काश कि तुम मुझसे मिली ही न होती संभावनाएं अनंत होती हैं काश मैं आज भी अनंत संभावनाओं में तुम्हारी तलाश न करता मेरी महबूबा मेरे नैनों के अभिराम रहे तुम अब मेरे गीतों की सजल कहानी हां मेरे दोस्त काश कि तुम मेरी इन आंखों के सपने ना होते मेरे नैनों के अभिराम ना होते काश मैं तुम्हें कभी अपलक ना देखता काश कि मैं तुम्हारी आंखों में ही ना देखता साइंस भी कहता है ना कि किसी अपोजिट जेंडर की आंखों में लगातार सात सेकंड तक देख लेने से हम उन आंखों के माया जाल में बंध जाते हैं हमें अक्सर उनसे मोहब्बत हो जाती है काश कि मैंने तुमसे नजर ना मिलाई होती मैं तुम्हारे चेहरे को ना देखता तब हाँ शायद तब तुम्हारे इस रूप यौवन के माया जाल में ना उलझा होता मेरे दोस्त तुम्हारी प्रीत के इस जाल में ना फंसा होता काश मेरे दोस्त यह सब हुआ होता लेकिन होने में तो कुछ और ही लिखा था लिखा था हमारा मिलन तुमसे मोहब्बत तुम्हारे साथ यादगार पलों को जीना लिखा था तुम्हारे साथ हंसना तुम्हारे साथ मुस्कुराना तुम्हारे साथ रोना और फिर तुमसे जुदाई लिखा था बरसों बरस बाद तुमसे यूं मिलना और मिलकर फिर यूं ही बिछड़ना और कहना तुमसे अलविदा हां मेरे दोस्त यही नियति थी यही हमारा भाग्य था यही हमारी तकदीर थी जिसमें हमारा मिलन भी था तुमसे मोहब्बत भी थी और तुमसे जुदाई भी और इस जुदाई के बाद, उन सुखद पलों को याद कर तुम्हारी ही यादों में जीना काश कि मैं तुम पर कोई इल्जाम लगा पाता तुम्हें दोषी पाता किन्ही लम्हों में तुम्हें गुनहगार पाता लेकिन ऐसा नहीं हो सका मेरे दोस्त तुम मेरी मोहब्बत जो ठहरी कैसे बेवफा हो सकती हो तुम लेकिन एक बात कहता हूं तुम्हारे लिए पाप पुण्य की इन सारी परिभाषाओं में तुम क्या हो और मैं तुम्हें क्या समझता हूं तो सुनो कभी माइलस्टोन में यादों के सफर को तय करते करते मैंने तुम्हारे लिए लिखा था वही बात आज तुमसे फिर कहता हूं पाप पुण्य की आहुत वेदी में तुम अध हवन निशानी हां मेरे दोस्त पाप और पुण्य के तराजू में हमारी मोहब्बत को तौला गया मान अभिमान कुल और गोत्र की कसौटी में जज्बातों को कसा गया और फिर हवन का एक कौर समझकर इसी पाप पुण्य की वेदी में तुम्हारी आहूति दी गई काश कि तुम पूरी की पूरी चल ही गई होती तो मैं इस दिल को समझा लेता चलो कहानी खत लेकिन नहीं तुम्हारा जीवन तो अद जलती हवन निशानी की तरह है आज भी उस पाप और पुण्य की बेदी में सुलग रही हो तुम यह कैसा भाग्य है कैसी विडंबना है यह मैं एक सुखद जीवन जी रहा हूं और तुम बेरंग रंग का वैराग्य नहीं मैं मैं तेरे चेहरे का पीलापन हूं हां मेरे दोस्त मैं वैरागी नहीं ना ही। मैंने कोई वैराग्य धारण किया दुख दर्द के इन लम्हों में तुम्हारे चेहरे का ही पीलापन हूं मैं जो आज भी मौजूद है कभी तुम्हें उलाहने के रूप में लिखा था पाप पूर्ण हो तुम्हें मुबारक अब सरल त्याग मैं करता हूं लेकिन अब अब अपने इन शब्दों को वापस लेता हूं और कहता हूं त्याग समर्पण का यह जीवन लो फिर अलविदा तुम्हें मैं कहता हूं हाँ मेरे दोस्त फिर अलविदा तुम्हें मैं कहता जिस त्याग और समर्पण का जीवन तुमने जिया मेरे दोस्त उसी जीवन को अब अलविदा कहता हाँ मेरे दोस्त, सुखद पलों में कभी हमने अपने सुंदर घर की कल्पना की थी कल्पना की थी कैसा होगा वह तुम अक्सर कहा करती थी मैं सजाऊंगी उस घर को तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी सब कुछ मेरी मर्जी से होगा और तब मैं हंस कर कहता हां कर लेना अपने मन का सजा लेना जैसा भी तुम चाहो कौन सा मुझे तुम्हारे घर में रहना है मुझे तो तुम्हारे इस दिल में रहना है और तुम मुझे देखकर बस मुस्कुरा देती थी और कहती इतनी मोहब्बत ना करो मुझसे तब क्या पता था मेरे दोस्त कि मुझे तुम्हारे इसी दिल की कैद ही तो मिलेगी उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा था वह आज मेरा मुकद्दर है और आज देखो तो हमें अपना प्रेम का वह घर मिला भी तो उसी रूप में मिला हां ऐसा है अपना यह प्रेम निकेत नो अंबर मिलता धरा आशेष हां मेरे दोस्त जहां आकाश भी झुककर इस जमी को चूमता है जहां इसके मिलने का आभास होता है वही तो है हमारा घर वही तो है हमारे प्रेम का मंदिर काल कलांत स्थिर ज्वाला करती स्पंदित सदा निमेश मेरे हृदय में तुम्हारे प्रेम की जो अखंड ज्योति जलती है वह ज्वाला जो समय के बदलने पर भी स्थिर है नहीं बदलती है अग्नि की तपिश से ही मेरे हृदय को स्पंदन मिलता है जब तुम अपने घर में प्रवेश करती हो तुम्हारी सुकोमल रोशनी मुझसे टकराती है तब मैं स्वयं की छाया बनकर स्वयं से ही दूर खड़ा हो जाता हूं और फिर तुम्हारी ही अंदर खुद को ही देखा करता हूं मेरे दोस्त तुम मुझे अपने हृदय में ही तो समाहित कर लेती हो और अपने आप में ही आत्मसात कर लेती हो जब टकराती बन मृदुल चांदनी मैं रह जाता बन छाया अवशेष स्वयं की छाया बन मैं तुमको स्वयं में ही खोजा करता हूं जब तुमने मुझे अपने अंदर ही छुपा लिया मेरा मन तुम्हारे ही अंदर ही समाहित हो गया तो फिर मेरा यह नश्वर शरीर तुम्हारे पास हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है इसलिए तो कहता हूं तुम रखो मुझे अपने हृदय में लेकिन इस छाया को जो कि तुम्हारी कभी हो नहीं सकती जिसकी तुम कभी नहीं हो सकती अब उसे मुक्त करो जाने दो उसे स्वीकार करो उसकी अलविदा को कर मुक्त मेरी छाया को कहता हूं मेरे दोस्त कर मुक्त मेरी छाया को तुम भी कहो मुझे अलविदा हा मेरे दोस्त अब तुम भी कहो मुझे अलविदा ऐसा नहीं है मेरे दोस्त कि जीवन पथ पर भटकते हुए तुम्हारी कभी कोई याद ही ना आई हो तुमसे एक बार मिलने की इस मन में कोई इच्छा ही न जागृत हुई हो तुम्हें एक बार देख लेने के लिए इस मन सागर में इस हृदय में कोई यार जो ही ना मचली हो, कोई लहर ही ना उठी हां मेरे दोस्त ऐसा कई कई बार हुआ लेकिन मन में हर बार यही ख्याल आता रहा अब मिलने पर भी क्या होगा क्या पालेंगे क्या खोदेंगे हाँ मेरे दोस्त अब मिलने पर भी क्या होगा क्या पालेंगे क्या खो देंगे इसने प्रीत के मृद धागे जाने अनजाने फिर से टूटेंगे दे अपनी तकदीरों का दोष फिर एक दूजे को ही लूटेंगे इस दुनिया का दस्तूर वही दे दुहाई अपने पन का फिर अपने अपनों से ही रूठेंगे हाँ मेरे दोस्त हर बार यही ख्याल आया और यादों की सफर में तुम्हारी यादों के एक माइलस्टोन पर मैंने यह लाइन लिखी थी मेरे दोस्त तुमसे दोबारा मिलने से पहले लिखी थी हमारे बीच स्नेह प्रीत की जो कोमल भावनाएं हैं फिर से आहत ना हो जाने अनजाने यह फिर से ना टूटे यही तो डर था ना और देखो वही हुआ दुबारा मिलने पर यही तो हुआ मेरे दोस्त मिलने की इन सुखद पलों में तुम्हें आज फिर उन्हीं महफिलों में छोड़कर मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है आज वही जज्बात मैं तुमसे कहता हूं त्याग स्नेह प्रीत के इन लम्हों को लो फिर तुम्हें अलविदा में कहता हूं हां मेरे दोस्त जब प्रेम बंधन की गांठ खोल दी तुम्हारे मिलन किन लम्हों को भी त्याग दिया तो फिर कहो तुम मुझसे जरा अब तुम्हारे पास मैं क्यों रुकूं? किन वजहों से और किस लिए रुकू जब पहली बार मैं तुमसे जुदा हुआ तुम्हें महफिलों में छोड़कर आगे बढ़ाया उसके बाद कई कई सालों तक तुम्हारी याद लिए मन में भटकता रहा जीवन पथ पर चलता रहा उलझता रहा हां मेरे दोस्त ऐसा नहीं है कि मैंने किन्हीं भी लम्हों में तुम्हें याद ना किया हो किन्हीं भी लम्हों में मैं खुद हंसा नहीं मुस्कुराया नहीं मेरे दोस्त लेकिन उन हर एक लम्हों में तुम मेरे साथ थी तुम्हारी यह पावन प्राजल मूरत मेरे हृदय में सदा स्थापित रही तुम्हारा निश्चल प्रेम मेरे जीवन पथ को आलोकित करता रहा और यकीनन इसलिए मैं अवसाद के गहन अंधेरों में भटकते हुए भी कभी विचलित नहीं हुआ। अपनी हंसी मुस्कुराहटों के उन लम्हों में जब भी मैंने तुम्हें याद किया तो पाया कि मेरी आंखें भी गायी है तुम मेरी आंखों में आंसू बनकर मुस्कुराए और तब मैं तुम्हारे जीवन की फीकी हसी बन के रह गया मेरे दोस्त ऐसा भी नहीं रहा मेरे दोस्त कि मैं किन्हीं वादों में नहीं बधा वचनों में नहीं बधा तुम्हारी तरह बाद में ही सही लेकिन मैंने भी वादे किए मैंने भी वचन दिए सच कहता हूं मेरे दोस्त मेरे हर उन वादों में तुम थी मेरे हर एक वचनों में तुम थी निभाई गई हर एक रस्मों में मैंने तुम्हें याद किया तुम्हें अपने साथ ही महसूस मैं किया मैंने कभी भी इस उज्जवल प्रेम को किसी से छुपाया नहीं पहले मैं उसे अपने अंदर लेकर जीता रहा लेकिन जब तुम प्रकाश बन मेरे संपूर्ण जीवन में छाने लगी तो मैंने तुम्हें छुपाया नहीं यदि किसी ने पूछा मेरे दोस्त कौन है तो मैंने बताया उसे अपने प्रेम की अपनी इस चाहत को जाहिर किया और सच मानो इन लम्हों में मैं पूरी तरह से ईमानदार रहा मेरे दोस्त मेरी चाहतें कभी भी उस सीमा से बाहर नहीं गई जहां तुम बदनाम होती मैंने बदनामी के हर एक लम्हों में तुम्हें खुद से ही दूर रखा छुपा के रखा उन लोगों से जो इसकी हंसी उड़ा सकते थे हमारी मोहब्बत को बदनाम कर सकते थे जी आग की तपिश से तुम्हारा जीवन सुलगता वह आग मैंने जलने ही नहीं दी जो हवा हमारे प्रेम प्रसंगों को उड़ाकर तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती उन हवाओं को मैंने जलने ही नहीं दिया मेरे दोस्त तो फिर आज क्यों प्रेम की इस आग को हवा दूं, जो तुम्हारे जीवन को प्रभावित करे तुम्हें किसी कटघरे में खड़ा करे इसलिए तो कहता हूँ मेरे दोस्त मुझे अब अलविदा कहने दो प्रेम की आग को अपने मन में छुपाए अपने दिल में दबाए मुझे अब यहां से जाने दो मैंने कहा ना यदि यह आग जली तो हम दोनों का संपूर्ण जीवन सुलग जाएगा जल जाएगा तुम बदनाम होगी किसी के लिए बेवफा साबित होगी मैं भी किसी के लिए बेवफा साबित हो जाऊंगा मैंने कहा ना आज भी है यह दुनिया हमारे बीच जो कल थी आज भी है उन्हीं लम्हों में है आज भी हम इसे डिनाई नहीं कर सकते इसे किनारे रखकर नहीं सोच सकते तुम हमेशा मेरे वादों में रहोगी मेरे वचनों में रहोगी मेरी कस्मों में रहोगी मेरी नजर में रहोगी लेकिन जो वादे मैंने किसी से किए हैं जो कस्में मैंने उठाई हैं उन्हें निभाना होगा और उन्हें निभाने के लिए मुझे यहां से तुम्हारे पास से जाना होगा हाँ मेरे दोस्त तुम्हें भी अपने वादे निभाने होंगे अपनी कस्में निभानी होंगी उन वचनों को निभाना होगा जो अग्नि के समक्ष तुमने दिए हैं किसी को और इनके लिए भी ये जरूरी है कि मैं यहां से चला जाऊ तुम्हें कह दूँ अलविदा तुम मुझे कह दो अलविदा हां मेरे दोस्त यही सच है हमारी मोहब्बतों का यही हासिल है तुम्हें तुम्हारी मोहब्बतों का अलविदा अलविदा मेरे दोस्त अलविदा हां मेरे दोस्त जब मैं यहां से लौटूंगा तो फिर से मिलेंगे मुझे तुम्हारी ही यादों के माइलस्टोन। जिन राहों से होकर तुम्हारे पास आया था उन्हीं राहों से फिर से गुजरना होगा सच कहता हूं मेरी महबूबा मेरी मोहब्बत थक गया हूं मैं जब अपनी यादों के सफर को जीते जीते मैं तुम तक पहुंचा तभी तो जाना परम शांति क्या होती है